हेलो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा आंगनवाड़ी वैसी 2023 के बारे में तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती आ गई है निकल 2023 के लिए अगर दोस्तों आप भी इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या आप इसमें नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको वीडियो में स्टेप बताए जाएंगे जिसको फॉलो करके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बात करें दोस्तों ये वैकेंसी तो ये दो हज़ार तेईस और चौबीस के लिए है डिपार्टमेंट की बात करें तो महिला और बाल विकास हरियाणा भर्ती वैकेंसी है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं पदों की संख्या बताएँ तो अभी तक कन्फर्म नहीं है कितने कितने पद होंगे पद का नाम बताएँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक शिक्षक मिनी अंगड़वाड़ी कार्यकर्ता जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है जो की क्वालिफिकेशन है वो आठवीं दसवीं और, दस और बारहवीं होनी चाहिए अगर आपको इसके लिए आवेदन करना है तो आप इसके लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं आयु सीमा की बात करें तो आयु अठारह से चौवालीस वर्ष होनी चाहिए अगर इसमें सैलरी की बात अगर इसमें वेतन की बात करें तो वो जो डिपार्टमेंटली नोटिफिकेशन होता है वो मंथली मिलेगा अगर अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई अप्लीकेशन फीस नहीं है अगर आप इस आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई करने के लिए लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें